आए दिन सुर्खियों में रहने वाला सिंगरौली नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं में है नगर निगम ने फुटपाथ पर लगी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जिसके बाद नगर निगम की अब जमकर आलोचना की जा रही है नगर निगम अधिकारी बीबी उपाध्याय आरपी पी बैस कई वर्षो ऐसी सिंगरौली नगर निगम में पदस्थ है और आए ये विवादों में बने रहते हैं ताजा मामला छोटे छोटे व्यवसाय कर अपना गुजारा चलाने वाले दुकानदारों का है जहाँ नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया खाली पड़े मैदान में छोटे छोटे ठेले वालों ने अपनी दुकान ठेलों में लगा रखी थी जिसको नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया आपको बता दें ये दुकाने ट्रोमा सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए सहारा थी लेकिन नगर निगम की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया जिससे अब गरीब दुकानदारों की रोटी पर संकट आ गया है हम लोग यहाँ गांव से आए हैं प्रेजेंट लेके अब यहाँ से मतलब दुकानों को हटा दिया जा रहा है तो हम लोग की परेशानी बढ़ जा रही है यहाँ खाने पीने का दूसरा सुविधा कुछ है नहीं अगर इन को हटा दिया जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसके भाई इसके लिए कुछ हमें तो सरकार ऐसी मांगनी पड़ेगी या की लोग दुकान खोलते हैं यहाँ जमीन को तो उठा के जा नहीं रहे हैं न ही जमीन कोई नुकसान कर रहे हैं दुकान हटा रहे हैं हम लोग कहाँ जाएगा कौन हटा रहा है? नगर निगम हटा रहे हैं क्या बोलते हैं दुकान हटाइए यहाँ ऐसी झोपड़ी जो है सब हटा दिया गया है हम लोग कहाँ जाएं? बाल बच्चे कैसे परेशानी है धूप है इतना ज्यादा बारिश में पूरा सामान भी गिरा हो है कैसे लगाया सब उजार दिए पूरा दुकान बैठक वाला लेते थे बैठके तीस रुपए रोज नगर निगम